हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए अगर आप 20 साल से कम आपकी उम्र है या 20 से 30 साल की उम्र में अभी आप हैं तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मैं अभी 25 साल का हूं और मेरे को जॉब करते हुए सात साल हो गए हैं मैंने अठारह उन्नीस साल की उम्र में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा बहुत ही बेकार कंपनी में काम करा है मैंने और एक ठीक ठाक कंपनी में भी काम करा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इससे इस थोड़ी नॉलेज मिले और आपको पता लगे कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए अगर आप कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो जॉब आपको कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा उस उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा मैं बस यही बताऊंगा कि पहले आप जॉब करिए उससे थोड़ा नॉलेज ले लीजिए लेकिन मेरी तरह मेरी वाली गलती ना करिए मैंने सात साल जॉब को ही दिया जिसमें से तीन चार जॉब करी मैंने सात सात सालों में और हर कंपनी में एक जैसा ही नियम होता है अगर आपका जो सैलरी है अगर आपको बीस हजार सैलरी मिल रही है हर महीने तो वो बीस हजार ही रहेगा वो बढ़ेगा नहीं हाँ एक दो हजार रुपये सालाना बढ़ जाएंगे लेकिन उस टाइम आप महंगाई भी उसी स्पीड से बढ़ रही होगी तो बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरी वाली गलती आप मत करना एक बैकअप आपका बिजनेस कुछ ना कुछ होना चाहिए क्योंकि जॉब पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो जॉब फ्यूचर नहीं है जॉब मैं आपको कब लात मार के वो बंदा जॉब से बाहर निकाल दे आपको कुछ पता नहीं है कंपनी वालों को आप मतलब कंपनी वालों को आप आपकी ज़रूरत है तब तक वो जॉब आपके लिए है जब कंपनी का मतलब निकल जाएगा उनका काम हो जाएगा वो आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और उनको अगर वो आपको सैलरी दे रहे हैं बीस अगर उनको दूसरा बंदा मिल गया और वो पंद्रह हज़ार रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर वो आपको एक पल भी नहीं सोचेंगे आपको जॉब से निकालने के लिए तो बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा आप कुछ भी स्टार्ट करिए छोटा मोटा अपना बिजनेस लेकिन जॉब लॉन्ग टर्म के लिए मत करिए जॉब नुकसानदायक है आप अपने फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए आप कुछ भी स्टार्ट करिए छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए हफ्ते में एक वीडियो डाले इस पर लेकिन अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट करिए बस यही था मेरा ओपिनियन जो मैं आपको बताना चाहता था कि जॉब बढ़िया है या बिजनेस चलिए नमस्कार दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करिए अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हुई है जहाँ मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आ, आप लिख सकते हैं कहाँ पे मैं ठीक करूँ बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो और इस वीडियो को शेयर करिए धन्यवाद